ध्रुव को आग की शक्ति हासिल करने के तरीके बताने के बाद उस नीले कपड़ों वाले लड़के ने कुछ सोचते हुए ध्रुव से आगे कहा वैसे एक और तरीका है आग की शक्ति हासिल करने का और वो तरीका है अंदरूनी हिस्से की ताकतवर रैंकिंग में आना जैसा कि तुम्हें नाम से ही समझ आ रहा होगा अंदरूनी हिस्से में एक रैंकिंग चलती है ताकतवर स्टूडेंट्स की और सच कहूं तो अंदरूनी हिस्से में सबसे कीमती चीज ये रैंकिंग सी होती है इस रैंकिंग में महज पचास लोगों के नाम होते हैं और अगर तुम इन पचास स्टूडेंट्स में से एक हो गए फिर तुम्हें हर महीने अंदरूनी हिस्से से इनाम मिलेगा उस इनाम का होगा की ताकतवर तुम्हारा फिर तो वो हर वक्त आग शक्ति टावर में ही गुजरते हुए खुद को ट्रेन कर सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसे आग की शक्ति खर्च होने की फिक्र ही नहीं करनी पड़ती यही वजह है कि अंदरूनी हिस्से के सभी स्टूडेंट्स ताकतवर रैंकिंग्स में आना चाहते हैं और इसीलिए अपना रैंक रैंकिंग में शुमार हो गए थे लेकिन अगले ही दिन किसी ने उनसे मुकाबला कर उन्हें हरा दिया और फिर वो जीतने वाला स्टूडेंट हारने वाले की जगह रैंकिंग में आ गया ये सुनते ही ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और फिर वो बात को समझते हुए अपना सिर हिलाने लगा वैसे तो इस वक्त उसके चेहरे पर फिक्र का नामो निशान नहीं था लेकिन मनी मन वो अंदरूनी हिस्से के नियमों को काफी हैरान था मगर इस है अकार तो वहाँ के मुकाबले इतने मुश्किल नहीं होते थे की वहाँ सबसे ताकतवर स्टूडेंट बिहार जाए वैसे तो बाहरी हिस्से में भी ताकतवर और काबिल स्टूडेंट की कोई कमी नहीं थी लेकिन अंदरूनी हिस्से की ताकत किसी अलग ही लेवल पर थी शायद यही वजह थी कि वहां के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ताकतवर होकर बाहर निकलते थे। यही सब सोचकर ध्रुव ने मनी मन खुद से कहा आग की शक्ति तो मेरी समझ आई गया कि आखिर आग की शक्ति स्टूडेंट्स के दिल के इतने करीब क्यों है इस लड़की की बातें सुनने के बाद अब तो मुझे भी इस आग की शक्ति को हासिल करने की इच्छा होने लगी है ये सोचकर ध्रुव एरा और बाकी तीनों की तरफ देखने लगा इत्तेफाक से वो सभी भी इस वक्त ध्रुव की तरफ ही देख रहे थे फिर जैसे ही पांचों स्टूडेंट्स की नजरें एक दूसरे से टकराई तो सभी की आंखों में इस वक्त एक अलग ही आग जलती हुई दिखाई देने लगी इससे साफ जाहिर हो गया था केन्दरूनी हिस्से के बारे में जानकर सभी के अंदर का जज्बा और ज्यादा मजबूत हो गया था इसके साथ ही आग की शक्ति ने सभी के दिल में एक छाप छोड़ दी थी साफ लफ्जों में कहा जाए तो अंदरूनी अंदर मतलब था कि सभी की, ट्रेनिंग की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और कम वक्त में ज्यादा की तरफ की और उसे देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी वही उस मुस्कुराहट को देखकर नीले कपड़ों वाले लड़के को अजीब सी घबराहट होने लगी की तभी उसे ध्रुव की आवाज सुनाई थी शुक्रिया सीनियर जो आपने इतना सब कुछ मुझे बता दिया अब मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज की दरकरार है और वो है आग की शक्ति सो प्लीज़ अपना आग शक्ति कार्ड मुझे थमा दीजिए, और मैं आपको नाराज होते हुए तुरंत अपने से निकालनी शुरू कर दी और वो लड़का ध्रुव पर हमला करने ही वाला था की तभी अचानक काली पर उसके और नजदीक आ गई और उस लड़के के चेहरे पर खौफ दिखाई देने लगा दरअसल उस लड़के ने देखा कि कैसे पलक झपकते ही ध्रुव अपनी तलवार हाथ में लिए उसके बेहद नजदीक आ गया था जिसके बाद वो लड़का डर के मारे तुरंत जमीन पर बैठ गया पर पत्थर रखकर उस लड़के ने अपने हाथों में लेते हुए देखा की उसमें लाल रंग से अट्ठाइस लिखा हुआ था इस नंबर को देखते ही ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई उसके बाद ध्रुव ने वो नीले रंग का कार्ड अपनी काले रंग की शीट के ऊपर रखा और फिर उसने दोनों को एक दूसरे से रगड़ना शुरू किया इतने में अचानक उसकी काले रंग की शीट चमकने लगी और उसमें लिखा पांच नंबर अब हो गया। वहीं दूसरी ओर नीले रंग के कार्ड में अब मह सात दिखाई दे रहा था जिसके बाद ध्रुव ने खुशी के साथ अपनी काले रंग की शीट गौर से देखी और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा अब से इस फायर हंटिंग कॉम्पिटिशन में शिकारियों का शिकार किया जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि अब शिकार होने वाले जानवरों को भी भूख लगाई है वहीं लोगों से थोड़ी दूरी पर जमीन पर गिरे नए स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ वक्त पहले नीले कपड़ों वाले सीनियर्स और उनके साथियों ने लूट लिया था ध्रुव और बाकियों को देखकर दंग रह गए थे वो नए स्टूडेंट्स पूरी तरह से जख्मी हो गए थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि ध्रुव और उसके साथी लुटने के बजाय सीनियर्स को आग की शक्ति के लिए लूट रहे थे तो ये देखकर उनके चेहरों पर एक अजीब सी हैरानी दिखाई देने लगी जाहिर सी बात है कि कुछ वक्त पहले ही नए स्टूडेंट्स ने इन सीनियर्स से मुकाबला किया था लेकिन महज कुछ ही हमलों के बाद वो लोग इन ताकतवर सीनियर्स से बुरी तरह मुकाबला हार गए थे मगर अब ये नए स्टूडेंट्स उन सीनियर्स को देख रहे थे जो आग की शक्ति लूटने पर काफी गुरूर दिखा रहे थे लेकिन फिलहाल तो सीनियर्स स्टूडेंट्स की हालत भी जमीन पर पड़े नए स्टूडेंट्स की तरह ही हो गई थी इतने में नए स्टूडेंट्स ने उधरों व उसके साथियों की तरफ देख कर मनी मन खुद से कहा यह पहुंच वाकई टॉप फाइव कहलाने के लायक है इनकी ताकत तो लाजवाब है ये कहते वक्त वो नए स्टूडेंट्स अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ध्रुव और उसके साथियों ने अंदरूनी हिस्से के सीनियर से आग की शक्ति लूट ली थी वहीं इस दौरान लीजा ने अपनी काले रंग की शीट के साथ खेलते, थी थी के साथ खेलते हुए खुद से कहा ये अंदरूनी हिस्सा तो वाकई लाजवाब है यह कहते वक्त वो नए स्टूडेंट्स अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे किध्रुव और उसके साथियों ने अंदरूनी हिस्से के सीनियर से आग की शक्ति लूट ली थी वही इस दौरान लीजा ने अपने काले रंग की शीट के साथ खेलते हुए खुद से कहा यह अंदरूनी हिस्सा तो वाकई लाजवाब है। चलो कम से कम मेरी उम्मीदों पर पानी तो नहीं फिरा यह कह कहकर वो ध्रुव को देखने लगी जिसने अंदर अठारह जिस आग की शक्ति, शक्ति हासिल हो गई थी इसलिए फिलहाल लीजा के पास कुल मिलाकर तेईस आग की शक्ति हो गई थी तभी लीजा ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा बदकिस्मती है कि अकेडमी के नियम के मुताबिक हम इन सीनियर्स की सारी आग की शक्ति नहीं छीन सकते इसलिए हमें इनके लिए दिनों की आग की शक्ति तो छोड़नी पड़ेगी वहां पहुंचेंगे इस पर उसके पास ही खड़े बिजौरा ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा मुझे भी इंतजार है उस वक्त का जब हम आग शक्तिवर पर जाएंगे लेकिन अगर दल पर हाथ रखकर कहू तो वहां जाने से भी ज्यादा दिलचस्पी मुझे अंदरूनी हिस्से की ताकत ताकतवर रैंकिंग से है मैं जल्द से जल्द अंदर जाकर उस रैंकिंग में शामिल होने के लिए लड़ना चाहूंगा वहीं बिजौरा की बात सुनकर ध्रुव ने मजबूरी में अपना सिर लाया दरसल ये जानकर हैरान था कि कैसे बिजौरा हर वक्त लड़ने के बारे में ही सोचता रहता था इतने में ईशान ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ सवाल किया वो सब तो ठीक है लेकिन हमें अब करना क्या है उसके चेहरे की मुस्कुराहट इसलिए बरकरार थी क्योंकि ईशान को बीस दिनों की आग की शक्ति हासिल हुई थी इतने में ध्रुव ने एक नज़र पांच और सीनियर्स की तरफ देखकर अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक नक्शे का टुकड़ा निकालकर थोड़ी झिझक के साथ कहा जंगल वाकई बहुत बड़ा है और मेरे ख्याल से हम लोग फिलहाल इस जगह पर होंगे इसका मतलब अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो शायद हमें इस जंगल से बाहर निकलने में पूरा दिन भी नहीं लगना चाहिए ये सुनते ही ईशान ने हड़बड़ाते हुए ध्रुव से कहा अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी चलो यहाँ वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है वही उसकी बात सुनकर ध्रुव उसकी तरफ देखने लगा लेकिन उसने आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा फिर कुछ सोचते हुए में आग की शक्ति कितनी ज्यादा जरूरी है तो क्यों ना हम लोग अभी से आग की शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दे आखिर किस्मत ने हमें ये मौका जो दिया है क्या उसे ठुकराना सही होगा ये सुनते ही लीजा ने तुरंत ध्रुव की बात का जवाब देते हुए कहा कौन नहीं चाहेगा और आग की शक्ति सच कहूं तो मेरी तो इच्छा है कि इतने मिध्रुव ने मुस्कुराते हुए सभी से आगे कहा अगर ऐसी बात है तो फिर कौन चाहेगा की हम लोग थोड़ा खतरा उठा कर और आग की शक्ति हासिल करें वो भी इस जंगल में रहते रहते की बात शिकार करने के बारे में सोच रहे हो इस पर ध्रुव ने हल्की शैतानी मुस्कुराहट के साथ ईशान को जवाब दिया क्यों नहीं अगर वो लोग हमारा शिकार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते तो हम क्यों उनका शिकार करने के बारे में दो बार सोचे और तो और अगर हम लोग शक्तियों की बात करें तो दो खास ग्रुप्स को छोड़कर जिन्हें शतरंज के खिलाड़ी कहा जाता है बाकी सभी ग्रुप्स इतने ताकतवर नहीं हैं कि अकेले अकेले हमसे लड़ पाए इसलिए मुझे लगता है कि की सुनहरा मौका है क्या हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए या फिर चुप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए और ध्रुव की बात सुनकर लीज बिजौरा और ईशान एक पल के लिए खामोश हो गए इस दौरान इरा ध्रुव को देख मुस्कुराने लगी जिससे साफ समझ आ रहा था की उसका जवाब क्या था वही तीनों के बीच की एक खामोशी अगले कुछ पलों तक तो बरकरार रही जिसके बाद बिजौरा ने सबसे पहले अपना सिरे लाते हुए अपनी भारी भरकम आवाज में जवाब दिया अगर खतरा नहीं तो कोई इनाम नहीं इसलिए जो खतरा उठाने की हिम्मत रखता है इनाम का हकदार भी वही होता है ध्रुव अगर तुम ये कदम उठाने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ वही बिजौरा को ध्रुव की बात के लिए राजी होते देख लीजा ने भी मजबूर होकर कहा तुम सब पागल हो गए हो खैर आग की शक्ति की जरूरत तो मुझे भी बहुत है चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ फिर जैसे ईशान ने देखा कि सभी लोग ध्रुव की बात के लिए राजी हो गए थे तो उसने भी तैयार हूँ इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखते हुए कहा ठीक है अब जो की हर कोई इस चीज के लिए राजी हो गया है तो अब हम इस बात पर ही अमल करेंगे इतना कहकर ध्रुव अचानक से रुक गया और उसने थोड़ी झिझक के साथ अपनी भारी आवाज में कहा लेकिन इससे पहले कि हम इस सफर पर निकलें, मैं पहले ही सभी से आग की शक्ति को किस तरह एक दूसरे में ऐसा मैं नहीं चाहता कि हमारी टीम में कोई भी झगड़ा हो वो भी आग की शक्ति के बंटवारे को लेकर क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद हमारी इतनी अच्छी टीम टूट कर बिखर जाए जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता औध्रव की बात सुनते ईशान और बाकी सभी एक पल के लिए हैरान हो गए लेकिन फिर सभी ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। वो कोई भी अकेले के दम पर इस जंगल से बाहर जाने में कामयाब नहीं हो पाएगा इसलिए फिलहाल अगर सभी को किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी टीम वर्क की इतने में इरा एक पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर उसने आगे आते हुए सभी से कहा मेरे ख्याल से हमें आग की शक्ति का बंटवारा बराबरी से करना चाहिए और अगर कोई ऐसा वाकया हुआ जिसके चलते किसी को बराबरी से आग की शक्ति नहीं मिली तो अगली बार आग की शक्ति पर सबसे पहला हक उसी का होगा क्या कहते हो ये सुनते बिजारा और लीजा ने हामी भरते हुए कहा हमें इस चीज से कोई तकलीफ नहीं है वही उनके हामी भरने के एक पल बाद ईशान भी इस तरह के बंटवारे के लिए राजी हो गया और सभी की हामी को देखकर ध्रुव ने मनी मन चैन की सांस लेते हुए कहा अब जो कि ये मसला हमारे रास्ते से अलग हो ही गया है इसलिए अब से आग की शक्ति का बंटवारा बराबरी से ही होगा ध्रुव इस बात से काफी खुश था कि इतना बड़ा मसला जिससे शायद आसानी से टीम टूट कर बिखर जाती वो इतनी आसानी से सुलझा दिया गया था इतने में ध्रुव ने पलटकर नए स्टूडेंट्स की तरफ देखा जो जख्मी हालत में जमीन आरोप पड़े हुए थे फिर उसने अपना हाथ लहराते हुए कुछ हरे रंग की बोतलें उनकी तरफ फेंकते हुए कहा ये जख्म ठीक करने वाली दवा है इसे खाने से तुम्हारे जख्म काफी जल्दी ठीक हो जाएंगे और हाँ शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है क्या उसके साथ ही बाकी से भी की शक्ति छीनने में कामयाब हो पाएंगे? या फिर उनके सफर में कोई अनजाना और अनचाहा मोड आने वाला है आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए दिवनी नून लिया के साथ सुपर योथा